2022 में आई हैं 38 फिल्में और इन 38 फिल्मों की लागत रही है तीन करोड़ की आपको बता दें कि इन फिल्मों में बिजनेस हुआ है 1,532 करोड़ का और इन फिल्मों का घाटा रहा है दो करोड़ का तो आपको क्या लगता है क्या इस घाटे के पीछे का कारण बॉयकॉट बॉलीवुड है ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप दखल न्यूज